अनुभव वो है जो आपको तब मिलता है जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते थे दोस्तों बहुत से लोग सोचते बहुत ज्यादा हैं और सिर्फ सोचते ही रहते हैं लेकिन अगर केवल सोचने से मंजिल मिलती तो आज हर कोई इस दुनिया में कामयाब होता लेकिन दोस्तों जब आपको कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिसके बारे में आप सोचना बंद न कर सको तो यकीन ये आपके जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है बस आपको बिना सोचे उस काम को करने में लग जाना है किसी ने क्या खूब कहा है इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए इसीलिए अपने इरादों को इतनी ताकत दीजिए कि वे आपको दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दें। दोस्तों दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर इंसान वो नहीं जिसका दुनिया आरोप काबू हो असल में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो वो है जिसका खुद के ऊपर काबू हो जिसका अपनी सोच पर अपनी आदतों पर और अपनी बुद्धि पर काबू हो गीता में कहा है अगर एक साधारण व्यक्ति भी अगर अपने मन पर काबू कर लेता है तो वो एक महापुरुष बन सकता है क्योंकि मन पर काबू पा लेने वाले इंसान के लिए सफलता पाना बेहद छोटी चीज होती है कहते हैं जब मनुष्य अपने अंदर स्वयं युद्ध लड़ने लगता है तब वे अवश्य ही किसी योग्य बन जाता है इसीलिए हमेशा कोशिश करते रहिए आज नहीं तो कल आप अपने अंदर का युद्ध जरूर जीत जाएंगे और अपने द्वारा की गई किसी भूल से कभी निराश मत होना क्योंकि भूल जीवन का सिर्फ एक पन्ना है और रिश्ते पूरी किताब जरूरत पड़े तो भूल का वो पन्ना फाड़ देना लेकिन एक छोटी सी गलती के लिए अपनी पूरी किताब कभी खराब मत करना दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सरल जीवन का एक सूत्र जो बदला जा सके उसे बदलो जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार करना सीखो और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूरी बना लो लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो दोस्तों जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं अपनों की खुशी के लिए करते हैं और जब तक आप स्वयं खुश नहीं रहेंगे तब तक आपका जीवन में कुछ भी कर पाना व्यर्थ ही है और जीवन में सबसे बड़ी खुशी तो उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते दोस्तों आज के हमारे वीडियो की आप क्या हो कैसे दिखते हो फर्क तो इससे पड़ता है कि आप क्या क्या कर सकते हो गिरने से मत डरो गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे उठोगे नहीं तो चलोगे कैसे और अगर चलोगे ही नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुँचोगे इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको समस्याएं न हो और दुनिया में ऐसी कोई समस्या बनी ही नहीं है जिसका समाधान न